दोस्तों आज की वीडियो में हम घोस टाउन यानी भूतों के शहर नाम से मशहूर जगहों के बारे में बात करेंगे दुनिया में ऐसे बहुत सी जगह और कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही हैं ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं यहां जाने पर लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं कुछ लोग देश विदेश की अजीबोगरीब जगहों पर जाना पसंद करते हैं जो टाउन यानी भूतों के शहर के नाम से मशहूर हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बता रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप इन अजीब शहरों का अंदाजा लगा सकते हैं स्थान और रहस्य ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिल मिलाने लगती हैं ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती हैं इनके जरिए ही हम डरते हैं देखने को उतारू होते हैं राजस्थान के शहर भानगढ़ में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है सूर्यास्त के बाद यहाँ लोगों का जाना मना है इसकी पीछे की कहानी यह है कि एक जादूगर को यहाँ की राजकुमारी से प्यार हो गया था और उसने राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए काला जादू करने लगा लेकिन इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई फिर राजकुमारी ने जादूगर की हत्या करवा दी जादूगर ने मरते मरते किले को श्राप दे गया तब से ही किला खंडहर है कोई नहीं जानता कहा गए लोग एक दौर में जापान की प्रमुख जगहों में हाशिमा द्वीप की गिनती होती थी जो कि यह द्वीप नागासाकी के पास स्थित है उस समय वहाँ कोयला खुदाई का काम होता था फिर अचानक से काम बंद हो गया इसके बाद लोग अपने आप कम होने लगे एक एक कर सभी लोग द्वीप से गायब हो गए किसी को अंदाजा नहीं है कि द्वीप पर रहने वाले कहाँ चले गए आज भी हाशिमा द्वीप पर पुरानी चीजें वैसे ही रखी हुई है कैलिफोर्निया का खूबसूरत शहर बना खंडहर अमेरिका के कई शहर भूतों के शहर के नाम से जाने जाते हैं इनमें बोडी शहर भी शामिल है अमेरिका के कैलिफोर्निया के में यह जगह शहर में स्थित है कहा जाता है कि साल उन्नीस से पहले यह शहर बेहद खूबसूरत था लेकिन अब बिल्कुल वीरान है जानकारों की माने तो बिली नामक लुटेरे की वजह से यह जगह वीरान हो गई है इटली का पहाड़ी गांव है भूतों का शहर इटली में क्रेको नाम का पहाड़ी गांव है यह दरअसल भूतों का शहर कहलाता है इतिहासकारों की माने तो साल उन्नीस में प्लेग और भूस्खलन के चलते लोग गांव से पलायन कर गए थे तब से ही यह गांव भूतों का बन गया है यह और वारदातों के लिए जाना जाता है शाम ढलने के बाद यहां किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं होती है क्राको घूमने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है दोस्तों इस तरह की अधिक जानकारियों के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साइड में दी हुई बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की सारी जानकारियां मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे किसी जरूरतमंद की मदद हो सके